यार जिंदगी ना जिंदगी एक किताब की तरह है और उसका हर चैप्टर जिंदगी के अलग अलग लम्हों को जाहिर करता है तुम एक चैप्टर पर फंस कर मत रहो जिंदगी के पेज को घुमाते रहो और आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करो याद रखना जिंदगी के एक चैप्टर का खत्म होना दूसरे का शुरू होना होता है